सोरे वर्सपल का इसमें हो रही रिंग चार पर आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको पता मतलब है हमारे वन के हो गए हैं तो आज की वीडियो में हम लोग शाउट आउट देने वाले हैं और अपनी कुछ ड्राइंग्स दिखाने वाले हैं और अपनी सिस्टर की देखते हैं आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा तो सबसे पहले मैं आपको अपनी ड्रॉइंग्स दिखाने से स्टार्ट करता हूँ और आप बताइएगा ये मैंने तीन ट्रेन की ड्राइंग थी पिछले और जो सबसे मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा वो लेटेस्ट रहेगी बताइए कैसी है तो सबसे पहले हम लोग फ्राइनिंग करें ताकि मैं अपनी आर्ट फाइल ला सकूँ सो वाइस पहले ड्राॅंग मेरी सास के भी और फिर मेरे पास एक गोकू की भी ड्राॅइंग है गोकू आप बताइएगा कैसे मुझे तो बेकार लगी और ये तो काशी सें से कैसी और ये है एश और लास्ट की मेरी ये ड्राइंग मैंने कल बनाई है मुझे अच्छी लगी पर आप बताइएगा कमेंट में कैसी है मैं आपको अपनी सिस्टर की ड्राॅइंग दिखाने वाली सो एज मई सिस्टर स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स तो उन्होंने स्कीडल चैन की ड्राइंग बनाई है एंड आई नो इट इज क्वाइट बेटर सो गाइज हमने आपको अपनी पेंटिंग तो दिखाई दी है और अब हमें क्या करना है हमें शाउट आउट देना है तो शार्ट आउट मैं किस हिसाब पे दे रहा हूँ शाउट आउट सबसे पहले मैं अपने पीसी पे YouTube स्टूडियो खोलूँगा और उसके हिसाब से जिसके ने भी मेरे को सब्सक्राइब कराएगा लास्ट 28 डेज में उनको शार्ट आउट मिलने वाला है तो देखते हैं किन किन करेंट वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स है मेरे अभी तो देखते हैं किस किस लोगों ने मुझे नाइनटी डेज में सब्सक्राइब करा है I can't forget this name. VK Gaming, Pandit Pihu 85, Komal King 45, Masihp Bfa Official, King Aman 108, VCP Blogs, Crazy Ideas, G Ramu, Strawberry Nikon, Devansh Whitey, Devansh, Kitarish, Naughty Brothers and Sisters, Piya Sa Art and Craft, LR Nice Shadow. हावना गौतम डेजी बटरफ्लाई आई रीड दिस नेम कोटा मोटिवेशन सिद्धू एट बाॉय एचपी गैंग लाइनर शैनिफो उपली कल्पेश रोफ गेम वर्ल्ड ऑफ हरियाणा विजाट जेफरसन मैगूकू द बैट स्क्वाड अगेन आई रीड दिस नेम जुआन कार्लोस कैनी कडोस हजन त्यागी मिर्सिडफ कल्तलू एक्सडी द बीस्ट रॉड्रिगो रमेंद्र सिंह बी डी मुन्ना इस्लाम जीरो रॉबर्टो ई स्पेन आयान गेमिंग अंसी फ्री फायर लवर शिवरे हॉश वैनकलास जितेंद्र चौहान संजीव कुमार ललित प्रकाश गौतम एंड फैजल शॉट आउट टू दीज लेजेंड्स गाइस अगर आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो वन मिलियन भी दूर नहीं and for this video charing off vedik char boom